का चल कितना छू रे बड़ा मन द्वारा न तीन प्यार भयल पवे के तना छ बेखी मन हर जाए दौड़ दिल तोरा मता जो सम से तारी के रे दीपक को है कम कई लेने हरा जा रे हा तुजो सामने से त हाँ जान के, के पद हमारा कहीं दूर जाए जाए